दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सपने और हकीकत में तो आज हम बात करेंगे गुलाबी रंग, रंग, रंग या फिर नील कमल तो इन सबका क्या अर्थ है यदि सपने में आपको लाल रंग का कमल का फूल दिखाई देता है तो इसका अर्थ ये है की माँ महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है क्योंकि लाल रंग के कमल के फूल पर माँ महालक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती हैं और यदि आपको सफ़ेद रंग का कमल का फूल अपने सपने में दिखाई देता है तो इसका अर्थ ये है कि आने वाले समय में आपके जीवन में जो चल रही समस्याएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी और आपका मन शांत होगा यह सफ़ेद रंग के कमल का फूल दिखने का अर्थ यही है कि आने वाले समय में आपको शांति प्राप्त होगी आपका मन शांत होगा आपके निर्मल मन को यह कमल का फूल दर्शाता है यदि आपको गुलाबी रंग के कमल का फूल दिखाई दे तो इसका अर्थ ये है कि आपको आने वाले समय में धन लाभ होगा ढेर सारा धन लाभ आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको उसमें बहुत सारा लाभ प्राप्त हो यहीं अगर आपको नील कमल दिखाई दे नील कमल का बहुत महत्व होता है नीलकमल बहुत कम लोगों को दिखाई देता है लेकिन यदि आपको आपके सपने में नीलकमल दिखाई दे तो समझिए कि आपके दिल की जो भी इच्छा है वो जल्द ही पूरी होने वाली है क्योंकि नीलकमल को हमारे धर्म में बहुत ही उत्तम स्थान प्राप्त है आप मां लक्ष्मी की आराधना करते रहिए और ऐसे सपनों को किसी के साथ साझा मत कीजिए क्योंकि यदि हम अपने सपनों के बारे में दूसरों से बात करते हैं उन्हें बता देते हैं तो उनका शुभ फल हमें प्राप्त नहीं होता इसलिए अपने ऐसे सपनों को किसी के साथ साझा मत करें तो मां लक्ष्मी का नाम लेते रहें भगवान का स्मरण हमेशा करते रहें धन्यवाद